इसलिए कागजों को डीक्लासिफाई किया उन तथ्यों को पब्लिकमेंट ला दिया और उन्हीं कागजों के बीच में एक कागज भी मिला जिसके अंदर यह लिखा हुआ था कि सुभाष जिंदा या मुर्दा अगर पकड़े गए तो उनको ब्रिटिश सरकार को हवाले किया जाएगा और यह डॉक्यूमेंट कहा गया कि सुभाष इज ए बॉर क्रिमिनल क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके रहते हुए पूरी दुनिया में घूमकर अपने बल पर साठ हजार लोगों की को सैनिक बनाए छब्बीस हजार लोगों ने इस देश के उस आजादी के युद्ध में जान गवाई ब्रिटिश सत्ता हिलने लगी ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय चाटुकारों को पकड़ करके उस आदमी को गुम कर दिया लेकिन वो आदमी उसको खुद नहीं कुछ चाहिए था ना उसकी कोई डिमांड थी जब चाटुकारों की दुकान में खुलेआम उसने चुनाव जीता तो अंग्रेजों के कहने पर गांधी जी ने सुभाष से इस्तीफा मांग लिया उनको लगता था कि सुभाष अगर कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया तो जो हमने 1885 में यह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई है इटावा नाम की उत्तर प्रदेश में एक जगह है उस इटावा का एक कलेक्टर था अंग्रेज उसी ने 1885 में उस अंग्रेज कलेक्टर का नाम था ए ह्यूम जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की उनकी तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है इसलिए उन्होंने इंश्योर किया कि सुभाष बाबू किसी भी तरीके से दिखने नहीं चाहिए और एक पूरी थ्योरी गढ़ी गई यहां प्लेन क्रैश हुआ वहां प्लेन क्रैश हुआ लेकिन सच्चाई यह है इस देश में दस बीसियों ऐसे लोग जीवित हैं हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं कभी कभी टेलीविजन पे भी आ जाते हैं उन्होंने वो लोग उन्नीस में अयोध्या में गुमनामी बाबा से रहने वाले सुभाष चंद्र बोस से मिल चुके हैं लोगों को ये कहानियां कहानियां लगती हैं कहानी नहीं है तथ्यों की बात कर इसलिए उसने कुछ नहीं ऐसा किया और हम यह नहीं जानते कि यह टेलीपैथी है या क्या है हमारे मन में भी कोई सवाल ऐसा नहीं उठता है कि हमको लगे कि शायद इससे किसी को फायदा होगा हम पता नहीं किस धुन में दस पंद्रह लोग दिन भर कहीं ना कहीं अभी जीडी डी बक्शी कहीं होंगे थोड़ी देर पहले फोन आया मुझे कि सुशील पंडित लंडन गए हुए वहां भाषण दे रहे हैं किसी ने कोई अपने आप को सीमित करके नहीं रखा है कि हम यही काम यही करेंगे जो जहां जा सकता है वहां जाए और तथ्यों को पूरी ताकत के साथ रखे और जब तथ्य आप रखते हैं फैक्ट आप रखते हैं तो देर सवेर झूठ की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है कि जितना उसको गहरा दबाइए कभी ना कभी उतनी ही ताकत से वो बाहर निकल आता है अगर सत्तर सालों और बहत्तर सालों के बाद सुभाष का सच पूरे देश को पता चला तो दो काम हुए दो काम और ये आसान नहीं है आज के भारत में जिन परिस्थितियों में हम खड़े हैं कन्विंस हो गया भारत का प्रधानमंत्री है अपना पास जो उनके पास पूरा अमला होता है उससे उन्होंने जो कुछ कराना था करा लिया और वो 2018 में अपने निवास से निकलता है और एक ट्वीट करता है अगर देश का इतना शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करने के माध्यम से अपनी मनोदशा को बता रहा है उस सिचुएशन को बता रहा है लेकिन वो प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के नहीं बता सकता क्योंकि देश को उसके ऊपर भरोसा है और वो लगेगा कि कहीं प्रधानमंत्री कमजोर तो नहीं पड़ रहा लेकिन उस मनोदशा को वो जो स्थिति होगी उस आदमी की वो उन्होंने प्रधानमंत्री निवास से निकलते वक्त जब वो जा रहे थे इक्कीस अक्टूबर को लाल किले पर दोबारा से झंडा फहराने क्योंकि यह सुभाष चंद्र बोस का गीत था कदम कदम बढ़ाए जा दिल्ली चलो उनका यह कहना था उन्होंने अपने साथियों को भेजा था कि आप दिल्ली जाएं और लाल किले पर तिरंगा फहराएं वो लोग चले उस दौर के कांग्रेसियों ने उन्हें गायब कर दिया आज तक पता नहीं कहां गए उनकी उस बात को पूरा करने के लिए देश का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर 2018 में अपने निवास से बाहर निकलता है और रास्ते में एक ट्वीट करता है वो ट्वीट ये बताता है कि व्यवस्था के अंदर कितनी गहरी जड़ें इस देश के गद्दारों की घुसी हुई हैं उनसे लड़ना आसान नहीं है उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं लाल किले पर आज झंडा फहराने जाता हूं लेकिन मुझे मालूम है कि लोग मेरे बाल नौ चलेंगे यह देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट है लेकिन उसने बालों की चिंता नहीं की लाल किले पे दूसरी बार भारत के इतिहास में हुआ कि 21 अक्टूबर को यह प्रधानमंत्री झंडा फहराने गया यह झंडा इस बात का प्रतीक है कि उसने सुभाष की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया उसने उस समझे तो के खारिज कर दिया जो दलालों ने अंग्रेजों के साथ कर रखे थे उसने सुभाष के उस डॉक्यूमेंट को समाप्त कर दिया जिसमें लिखा हुआ था सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल और उसको स्थापित कर दिया संविधान की शपथ लेकर के वो प्रधानमंत्री बना है इसलिए उसका हर कार भारत देश का प्रतीक है